भाई, तो तुम्हारे ईशारे हम तो दीवाने. तो तुम्हारे इशारे हम तो दीवारे हैं तुम्हारे तार छोड़ देने के मिलेगी जानू दिल मिलेगी